हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम बंसी बिश्नो फ्रॉम न्यू दिल्ली तो अभी मैं जाऊंगा न्यू दिल्ली से अहमदाबाद के लिए मेरी बस शाम 6 बजे है और मैं आ चुका हूँ ट्रेवल्स एजेंसी वाले के वहाँ पे मैंने बस बुक किया था पेटीएम से श्रीनाथ ट्रेवल्स एजेंसी वोलो बस है मल्टी एक्सल स्लीपर टिकट का रुपया लगा पंद्रह सौ साठ पे मेरी बस है सामने तो अभी चलेंगे और आपको सोलह घंटे का टूअर बस में कराते हैं स्टार्ट करते हैं जर्नी ये है वाली बस है जो मुझे ले जाएगी अहमदाबाद न्यू दिल्ली से और यहाँ से करीबन 16-17 घंटे लगेंगे शाम छः बजे से स्टार्ट होगी और कल सुबह ग्यारह बजे तक पहुँचाएगी तो सो so, ये वाला है अपना छः बजे बस निकली है अब आगे कब पहुँचती है आगे की अपडेट आगे दूँगा आपको गुड दोस्तों पहुंच गए हैं बाबा रामदेव ढाबा सिरोई पूरी रात बस चले खूबसूरत नज़ारा है बहुत ही अच्छा लग रहा है और पूरी रात चलने के बाद यहाँ पहुँचे हैं दिल्ली से कल रात को छः बजे निकले थे और अभी पहुँचे हैं फिर यहाँ पर दूबी से बदरेली पूरे 12 घंटे हो गए 12 घंटे के बाद यहाँ पहुँचे हैं अभी भी यहाँ से करीब ढाई किलोमीटर के आसपास हो लोग मुझे कहते हैं कि ये लैपटॉप क्यों ले मतलब मैं मैकबुक के बारे बात कर रहा हूँ सो अभी मैं यहाँ बैठा था एडिटिंग कर रहा हूँ तो ये मैकबुक के फ़ायदे हैं आ, मुझे ओल्ड या नए वर्जन से कोई मतलब नहीं है मेरे लिए एडिटिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है और एडिटिंग इसमें अच्छे से हो जाती है सो अभी हम लोग सीधे इससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं और एक मंदिर आया है यहाँ पर आपको दिखाऊँगा सारी बातें आई होगी हाँ मैं तो अभी सुबह होना भी ही है मुझे तो नींद नहीं आएगी 6 बज गए हैं लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी है ऑलरेडी और नीचे पहुंची भाई है उनको भी चाय वगैरह पिलाती दिया तो शायद उनको भी नींद नहीं आएगी के 9:25 हुए हैं और हम लोग अभी मेहसाना से आगे निकल चुके हैं और थोड़ी देर में शायद अहमदाबाद पहुंच जाएंगे एक घंटे में सो so, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग और ये वीडियो अभी हो जाएगी लेकिन जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो काफ़ी पहले हो चुका होगा सो so, इस सफ़र में कम से कम 16 घंटे लगने वाले हैं और बहुत मजा आया बहुत ज़्यादा यहाँ पे कूलिंग है इलास्ट्रॉनिक का कंपार्टमेंट है लेकिन म्यूजिक ऑन तो नहीं करते हैं और यहाँ पे है चार्जिंग का सिस्टम ये देखिए ये है लाइट ये ई डी सो so, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है हाँ एक बात आपको बताना चाहता था कि मेरे साथ देखो देखोजी भाई थे कश्मीर से आए थे साथ में अपना माल मसाला लेकर आए कल रात से हम साथ में थे वो मेरे नीचे वाली सीट बैठ स्लीपर में थे हम लोग ने बहुत सारी बातें की उनके फ़ोटो वोटो देखे जब उनकी ड्यूटी ले में थी उनसे मिलकर के काफ़ी अच्छा लगा वो इधर गुजरात के मोड़ासा से हिम्मत नगर के मोड़ासा से अभी वो महसाना उतर के यहाँ से वो डायरेक्ट निकल जाएंगे बहुत सारी बातें उन्होंने करी और बहुत कुछ उन्होंने झेला है यानी कि कश्मीर में रहना यानी बहुत मुश्किल है लेकिन किसी तरह वो अपना काम करते हैं सो प्राउड फील चलते हैं आगे मिलते हैं आगे और दिखाते हैं तब तक, तक मैं वीडियो एडिट कर लेता हूँ शायद कल शाम को छः बजे ये दिल्ली से निकले थे तब ड्राइवर साहब दूसरे थे अब तो ये कब बदल के सुबह कि रात को ड्यूटी बदल गए तो रात को ये सफ़र इतना लंबा है ना कि एक आदमी इतनी लंबी नहीं चला सकता तो फिर बाद में ये ड्राइवर साहब चेंज हो गए वो नीचे जाके सो गए ओलवो मल्टी एक्सल श्रीनाथ ट्रेवलर से अहमदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद तो स्पीड कितनी चल है सबसे ज़्यादा ज़्यादा चल सौ सौ सौ से ज़्यादा नहीं चलाते सौ से ज़्यादा स्पीड नहीं चलाते हैं अभी आज आज आराम करोगे या फिर रिटर्न शाम में शाम को अभी दिन को सो जाओगे बस अभी अहमदाबाद पहुँच जाएगी सुबह में तो वहाँ पे जाके होल्ड हो जाएगी और शाम को वापस रिटर्न हो जाएगी जर्नी तो वैसे अच्छी रही दो तीस जगह पर होल्ड भी किया और चाय वाय भी पिया था नाश्ता भी खाना भी तो दोस्तों 16 घंटे का सफ़र खत्म हुआ अभी सुबह के 10:50 हुए ग्यारह बजे दस बजे का बोला था 10:30 का 11:50 पचास दिया ठीक है वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक और नए वीडियो तब तक के लिए सबसे मिले जाए